हजरत मौला कायनत सैद नली अपने इन दोनों हाथों को यूं जोड़ करके अपनी गर्दन के नीचे रखा तो जब गर्दन के नीचे रखा तो सर ऊपर उठ गया तो फरमाया जिस तरह गर्दन के नीचे हाथ रखने से गर्दन तन जाती है और सर ऊपर उठ जाता है अल्लाह ने काफरों के गले में यूं तोक चढ़ा दिए है कि उनकी गर्दन ऊपर को उठी है और वो चढ़ते हुए सूरज नबूत का देख ही नहीं सकते हैं अच्छा आगे लफ्स भी फरमाया फहिया इज कौन और वो ठोड़ियों तक चढ़े हुए हैं फहुमक महुन मुक महुन अरबी में ऐसे ऊँट को कहते हैं कि जिसको खेंच लिया जाए जिसकी गर्दन खेच ली जाए और वो नीचे भी ना देख सके दाए बाएं भी ना गर्दन मोड़ सके आंखें ताड़े लग जाए और गर्दन ऊपर को हो नीचे सब्ज चारा भी हो तो उसे दिखाई ना दे उसको कहते हैं ए बाल ऐसा ऊट के जिसकी गर्दन उठी हुई है अल्लाह कहता है फहमह ये भी मुख महून है इनकी गर्दनें भी ऊपर को उठ गई हैं, इसलिए महबूबे ने कुछ सुझाई नहीं दे रहा मजीद ये हम इनके आगे भी दीवार कर दिए दी इनके पीछे भी दीवार कर दिए दी दो दीवारें चुन दी आगे पीछे फ आर शई ना हम और फिर इनके मुंह के ऊपर खोल चढ़ा दिए फोम ला युब से तो वो नहीं देख सकते मुझे बताओ कि आगे भी दीवार हो पीछे भी दीवार हो मुंह के ऊपर कपड़ा खोल चढ़ा हुआ हो और नजर ताड़े लगी हुई हो गर्दन उठी हुई हो गले में तोक हो तो चढ़ता हुआ सूरज दिखाई देगा चमकता हुआ चांद नजर आएगा टमटमाते हुए सितारे सुझाई देंगे कहा तो महबूब इनकी हालत भी यह है तेरी नबूवत का सूरज तो चमक रहा है इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कि ये उस अंधेरे में फंस गए हुए मुफस्दिन ने यह भी लिखा है कि कुछ काफिर अबू जहल नजर बिन हारस और बाकी पत्थर लेके हुजूर को मारने के लिए हुजूर को अजियत देने के लिए गए थे लेकिन फिर इस तरह उनकी गिरदन जुट गई हाथ उनके ठहर गए और किसी ने देखा कि एक बैल है जो उसके ऊपर हमला करने वाला है तो उनकी हालत को बयान किया गया है फमात आप वो देख नहीं सकते बसवाम आरता अब बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं ये ई नहीं लाएंगे इसलिए के अंधेरे जम गए हुए हैं अब यहां एक सवाल पैदा होता है और वो ये कि जब अल्लाह ने इनको ऐसा कर दिया हुआ है तो अब अगर ईमान नहीं लाते हैं तो फिर इनका क्या कुसूर क्योंकि इतना तवील अरसा नबी नहीं आए पैगंबर नहीं आए अंधेरों में ये खूगर हो गए तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है बात यह है कि पैगंबर जब आए तो इन्होंने तकजीब करके पैगंबर की तोहिन करके नबी रहमत की तदही करके हजूर का इनकार करके अजियतें दे के अपने लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अल्लाह ने फिर इनके दिलों पर जंग चढ़ा दी है अब ये कुछ देख नहीं सकते तो ये नहीं था कि इनको रोशनी दी नहीं गई थी इनको उजाला फित किया गया था इन्होंने उसे भी मश कर लिया और इनको रोशनी पैगम्बर अहमद के जरिए से भी आई थी इन्होंने उसका भी इनकार कर दिया अब इस हालत में पहुंच गए पैगम्बर की तोहन की वजह से कि रब की गैरत भी जोश में आई रब ने दीवार चुन दी अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा यार इससे बढ़कर क्या बात है कि चांद टुकड़े होके कदमों में आए और ये फिर भी ना माने सूरज पलट के असर के वक्त पे आए ये फिर भी ना माने अबू जहल मुठी में कंकर लेके आए और कहे आप अल्लाह की रसूलत बताओ मेरी मुठ्ठी में क्या है तो हजूर बोल के कहे मैं बताऊं या जो मुठ्ठी में वही बता दे तो अब अब भी वो ना माने और कहे हाजामिन सहरे इब ने अभी कब शा ये अबू कबशा का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है तो ये उनके आगे पीछे दीवारें नहीं है तो और क्या है वरना इतने वाजे दलायल देखने के बावजूद भी इनको नजर नहीं आ रहा या रिश्तेदार भी हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा पास बैठते भी हैं नजर नहीं आ रहा और बिलाल हबशे से देख रहा है सलमान को फारस से दिखाई दे रहा है और सुहेब को रूम से नजर आ रहा है कोल हंद भी कहीं अपना ना जाने दिल वाले आ दिलदार आ गए तो ये अपनी अपनी किस्मत की कहानी है तो कहा महबूब आप इनको डराएं या ना डराए ये ईमान नहीं लाएंगे अच्छा सवाल पैदा होता है जब लोग तो ईमान लाएंगे नहीं लोग तो मानेंगे नहीं इनकार पर इनकार करते जाएंगे दिल अंधे हो गए आगे पीछे ऊपर नीचे पर्दे ही पड़ पर रहे तो फिर तबलीग क्यों की जाए तबलीग अमल जारी क्यों रखा जाए जब जमीन ही बंजर है तो फिर बीज क्यों डाला जाए जब जमीन ही जो है वो शोर और कलर है तो फिर मी बरसने से होगा क्या तो फिर तबलीक का अमल रुक जाना चाहिए कहा महबूब नहीं तेरे करम का मी बरसता रहना चाहिए तेरे कर्म का मी जो है वो इनके ऊपर नाजिल होता रहना चाहिए ये नहीं मानेंगे ऐसे भी हैं इन नबा जिक्रा महबूब आप उसको डर सुनाओ जो नसीहत के पीछे पीछे चले एक वो है जो सुनते नहीं और एक है जो झोलियां जो फैला के पीछे पीछे आ रहे हैं एक वो है कि आप सुनाते हैं कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं अगर सुनाए तो फिर भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते हैं तू पहाड़ की चोटी पे बैठा है और मोहब्बत वाला आंखों में जहरी रोशनी भी नहीं रखता अब्दुल्ला इतने मकतूम हुता हुआ पहाड़ पर पहुंच जाता है और आपकी चौखट पर झोली फैला के कहता है सूल अल्लेम मा अल्ला मा कल्ला अल्लाह ने जो आपको दिया मेरी झोली में भी डाल दीजिए एक सोननी रहे और एक पीछे पीछे आ रहा है महबूब एक सोननी रहे और एक झोली फैला के कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तो कहा महबूब वो भी हैं जो नसीहत के पीछे पीछे चलते हैं वह खाशिया रहमान बिल गैब और रहमान को बिन देखे रहमान से डरने वाले ये लोग हैं जो तेरी नसीहत को कबूल करेंगे तेरी बात को कबूल करेंगे अल्लाह ने मुख्तलिफ तबाह बनाई हैं सवेर से लेकर शाम तक हमारी नौकरी भी कुरान की ही है तो देखते हैं कि कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें कुरान की लज्जत नसीब नहीं होती और कुछ ऐसे होते हैं कि वो आंख का झपकना भी बोझ समझते हैं कि कोई एक लफ्ज भी तो उधर चला जाए तो यह अपना अपना जौक है साहेब जो बुलबुल का बु जौक है वो चिड़िया को नहीं दिया गया और जो परवाने का जोक है वो मक्खी को नहीं दिया गया और जो चकोर को प्यार दिया गया है चांद का वो किसी और को नहीं दिया गया तो कुरान के लिए भी अल्लाह ने दिल रखे हैं जो कुरान सुनते हैं उनकी रूह तक उतरता चला जाता है इकबाल ने एक जगह पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो हाफज शिराजी के शेर पे और अराकी के शेर पे तो झूमते हैं और उन्हें कव्वाल का नगमा तो मस्त कर देता है लेकिन कुरान से कुछ भी नहीं होता कहा वो किस्मत के मारे हुए लोग हैं कहा ये तो शायरों का कलाम है जो मखलूक हैं और जो कुरान है ये रब का कलाम है और जो बादशाहों के कलाम होते हैं वो कलामों के बादशाह होते हैं और ये रब का कलाम है ये खालिक का कलाम है तो जो लज्जत जो चाशनी जो कैफियत कुरान में है वो ना किसी शेर में हो सकती है ना किसी सुखन में हो सकती है ना किसी नजम में न किसी नसर में लेकिन कैफियत अपनी अपनी होती है किसी को कवाली तो मजा दे देती है लेकिन कुरान उसे लुत्फ नहीं देता है उसको अपने अंदर को देखना चाहिए और किताब रहमत से दिल जोड़ना चाहिए इसका एक एक लफ्ज़ नूर दे रहा है कहा महबूब जो रहमान से बिन देखे डरते हैं वही इस कुरान के नूर को लेने वाले हैं अच्छा हो बे इन्हें मगफरत की बशारत दे दीजिए इन्हें मगफरत की बशारत दे दीजिए अजरन करीम यार अजर ही काफी था लफ्स लेकिन करीम के साथ सिफ्त लगाई मेरे पास कोई इसका मफह नहीं है कि इसको उर्दू में ढाल सकूं लेकिन इतना ही समझें कि जिस अजर को मेरे रब ने भी करीम कहा वो कैसा अजर होगा अल्लाह फरमाता हम उनको बख्शेंगे भी और अजर करीम भी देंगे इतना नहनो नोल मोता वह नक तो वो माकद्दम व आसारुल्ला शैन आ सही नाह इमाम बेशक हम मुर्दों को जलाएंगे जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा जो पीछे छोड़ा और हर चीज हमने गिर रखी है एक बताने वाली किताब में आज कोई माने या ना माने इनकार करे या करार करे तरदीद करे या तइद करे रुख फेर ले या झोली फैला ले महबूब आप परेशान नहीं होंगे एक वक्त आने वाला हम कब्रों से मुर्दों को उठाएंगे आज कोई माने या ना माने हमने लिखी हुई है एक एक बात लिखी हुई है वो रोशन किताब में क़यामत के दिन नामा इमाल खुलेगा सब सामने आ जाएगा तो महबूब आप अपने अमल को जारी रखें जो आप कर रहे हम वो भी लिख रहे हैं और जो आगे से उनके रवैये हम वो भी लिख रहे हैं क़यामत के दिन हर शे सामने होगी और रब की अदालत में सारे फैसले होंगे अच्छा एक तो ये मफ़ूम है जो आमतुल मुफ्त ने बयान किया इस आयत का लेकिन इबन आशूर ने इसका एक और मफहम बयान किया है और जरा सुनिए वो कहता है कि इस आयत को इन्ना नहनो मौता इसको हम मा कबल से अगर मिला के पड़े तो मफूम इसका कुछ और निकलता है और वो ये कि महबूब तेरी बात को कुछ लोग सुनते नहीं हैं और तू उनके पास जाके बात सुनाता है और वो परवाह नहीं करते उनके ऊपर नीचे आगे पीछे जंग हैं और पर्दे हैं लेकिन महबूब तेरे करम का मी बरसता रहना चाहिए एक दिन आएगा मुर्दे भी जी उठेंगे महबूब तेरे करम का मी बरसता रहे एक दिन आएगा इन शोर और कलर जमीनों में भी फूल खेल उठेंगे इसलिए तू करम फरमाता रह और तू तबलीग का अमल जारी रख रोजाना पत्थर पे भी एक कतरा गिरे तो एक दिन सुराख वहां भी हो जाता है और महबूब तेरी मिठ्ठी बोली जारी रहनी चाहिए एक दिन जमाना तेरे कल में पड़ेगा और फिर फतेह मक्का के दिन लोगों ने देखा सबके लबों पर तराने मेरे हजूर के ही थे तो यह है एक मफहम अच्छा ये बात बयान करने के बाद जो अगला रकू है मजमून लंबा ना हो जाए लेकिन मैं कुछ मजमून आपके सामने रख देता हूं इख्तसार के साथ अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को इन कठिन हालात में तसली दी वह मसल असहाबल करिय महबूब इन्हें उस शहर वाले लोगों की कहानी सुनाओ यह महबूब के कलब को और हजूल के गुलामों के दिल की तस्किन के लिए अल्लाह ने कहा चूंकि कहानियों के साथ वैसे भी इंसान का जो रुझान है वह तभी होता है फितरी होता है कहानी की तरफ मैलान एक फित्र या इंसान की तबाह में रखा गया शौक से सुनता है किसी ज़माने में शाम को बच्चे दादी अम्मा के बिस्तर में घुसते थे कि उससे कहानियाँ सुननी है और दादी अम्मा अपनी रिवायात अपना कल्चर अपनी तहजीब अपना तमदन और अपनी खानदानी रिवायात उस कहानी के अंदर समो करके उन बच्चों को अखलाकियात का दर्स अपने मजहब का दर्स और अच्छाइयों का दर्श और तकवे का दर्श उस एक कहानी में रख के उनको दिया करती थी और वही हमारा कल्चर था वही हमारी तहजीब थी और वह अपनी रिवायात को नई नस्ल में मुंतकिल करके जाती जब से हमने दादी अम्मा का बिस्तर छोड़ दिया है और टेलीविजन की स्क्रीन से तहजीब लेना शुरू कर दी है इसलिए हमने रिवायात उधर से लेनी है और वही हकीकतों के उजाले और वही रोशनियाँ थी और आज हम पता नहीं क्या किसको कल्चर करार दे रहे हैं मैं दो चार दिन पहले लाहौर में चार पांच जगह पे दर्श पे रहा हूं और जगह जगह कल्चर मेले और क्या कुछ देखता रहा हूं तशहर उसकी तो मैं कहा था जगह जगह मैंने, मैंने कहा था मैंने कहा ये हमारा कल्चर नहीं है जो माहरीन हैं और जो फनून वाले हैं वो कहते हैं कि जो कल्चर होता है किसी भी कौम का उस पर जगराफिए की और मजहब की छाप जरूर होती है ये कभी नहीं हो सकता किसी कौम का कल्चर उसकी तहजीब उसके जग्राफिए से और उसके मोतकेदात से उसके अकायद से हट कर हो तो ये सारता पापरहना कल्चर यह हमारा कल्चर नहीं हो सकता ना मशरकी कल्चर ना हिजाजी कल्चर हमारा कल्चर मगरब की हवाओं से नहीं फूटता मदीने की फजाओं से फूटता है अपनी मिलत का कयास अकवा में मगरब से ना कर खास है तरकीब में तुझे कौम रसूल हाशमी आज जो कल्चर हमें दिया जा रहा है वो कतन हमारी रवायात नहीं है हमारा कल्चर नहीं है हमारा तमदन नहीं है हमारी तहजीब नहीं है तो हमारा दादी अम्मा से वो कहानियां सुनना ये शौक और रुझान ये फितरी है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई कहानियां हमारी हिदायत के लिए बयान की हैं और यह कहानी भी वह बाहूबी ने उस बस्ती के लोगों की कहानी सुना वो एक बस्ती थी जिसका नाम था अंताकिया और ये शाम के गरबी इलाके में वाक है वहाँ अल्लाह ने दो रसूल भेजे उन लोगों की हिदायत के लिए खुशहाल बस्ती थी अल्लाह ने दो रसूल भेजे उन्होंने दोनों का इनकार कर दिया अल्लाह ने उनकी तइद के लिए तीसरा रसूल भेजा इन्होंने उसका भी इनकार कर दिया हती कि उन नबियों की तकजीब की उन्हें गालियाँ दी और पत्थर लेकर उन नबियों को शहीद करने पर आमादा हो गए जब नबियों को कत्ल करने लगे तो शहर के एक किनारे पर एक शख्स रहता था उसे जब पता चला कि ये नबियों को कत्ल कर रहे हैं मेरी कौम के लोग तो था तो वो मिसकिन आदमी लेकिन उसके दिल में जज्बा जागा वो वहां से दौड़ता हुआ आया और अपनी कौम को कहने लगा तुम कत्ल करने लगे हो मैं कहता हूं इनके कदम चूमो तो वो जितने पत्थर थे उन नबियों पर बरसने के लिए आमादा थे वो उस शख्स पर बरस गए और फिर वो शहीद हो गया फिर उसकी लाश से आवाज क्या आई ये कुरान की बोली है अगर तवज्जो कर लें मैं इसकी तफसीला में तो नहीं जाऊँगा लेकिन इख्तसार के साथ मजमून आपने सुन लिया अब कुरान का लहजा देखिए असहाबल करिया महबूबी ने उस बस्ती के लोगों की कहानी सुनाइए इज जा मुरसलून पास रसूल आए इज अरसल ना इले मुस्नैन हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे फकूह हो मा इस कौम ने उन दोनों की तकजीब कर दी तुम तो हमारे जैसे बशर हो यह बदब्त और बदनसीब कौमों का मिजाज रहा है कि पैगंबरों से रोशनी और नूर लेने की बजाय उनको बशर कहके उनकी रहमतों से और उनके दामन से फूटती हवाओं से और उनके सीने से निकलती शुआओं से और उनके मन से वाबस्ता रोशनियों से अपने आप को महरूम कर लेते हैं और उनका चलना फिरना और उनका उठना बैठना उनका शादी और निकाह करना और उनका बाल बच्चों में रहना और उनका बाजार में आना जाना इसको वो कहते हैं कि ये अगर नबी होते तो ये क्यों होता यह अजीब बात है उनकी अजमतों के पहलुओं को छोड़ के नजर यहां रख देते हैं हालांकि यह भी इंसानियत के नमूने के लिए और हिदायत के लिए होता है यह मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा अगरचे ये उनवान एक लंबी गुफ्तु का मुतमल है एक बात करूंगा कि असल बदब्ती है लोगों की हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा सिदरा पर जबरील के आगे आगे नहीं देखा बस जो यहां नजर जमा ले तो वह महरूम हो जाता है और जो उस समझ को देखे तो वह रोशनियां पा जाता है अच्छा दूसरी बात और अब आपकी तवज्जो के लिए कि एक तरफ इस कौम का रवैया ये है और काफिरों का ये मिजाज रहा है कि वो नबियों को बशर कहके उनको रसूल मानने से इनकार कर देते हैं जिंदा और जावेद इंसानों को मतहरक और फाल हस्तियों को वो जिंदा और जावेद इंसानों को बशर कहके नबी मानने से रब का भेजा हुआ मानने से रब का फरिश्ता मानने से इनकार कर देते और दूसरी जानब सनम खानों के मुर्दा पत्थरों को खुदा मान लेते जरा इनका तफावत देखिए ना माने तो जिंदा और जावेद इंसानों को नबी भी ना माने और मानने पर आ जाए तो हाथों से तराशे हुए पत्थर के जो है वह बुत और मट्टी के बने हुए माधुओं को खुदा भी मान ले तो यह क्या तफावत है कि एक तरफ नबियों को जिंदा और मतहरक इंसानों को नबी भी ना माने और दूसरी जानब पत्थरों को खुदा भी मान लें तो असल यह नफ्सिया प्रॉब्लम था और यह कौमों में हर दौर में मौजूद रहा है सादा सा जवाब है यह लंबी यहां भी बहस चाहिए लेकिन सादा सा जवाब है कि सनम खानों के मुर्दा पत्थरों को मानने में मफादात पर ज्यादा नहीं पड़ती इंसान की जिंदगी में वो मुर्दा पत्थर और बुत दखलंदाजी नहीं करते इंसान की अना पर चोट नहीं लगाते एक पुजारी जानी हो शराबी हो डाकू हो जो मर्जी करे कभी पत्थरों ने बोल के नहीं कहा कि यह क्या कर रहे हो हमें भी पूछते और ये क्या रवैये रखे हुए उनकी झूठी नाका का बुत भी पलता रहता और वो सजदे भी करते तो बुतों को मानने से उनको अपनी जिंदगी बदलनी पड़ती थी अपने रवैये बदलने नहीं पड़ते थे और उनकी सोचों पर कोई पहरा नहीं था उनके ख्यालों पर कोई कदखन नहीं थी तर्ज हयात पर कोई दखल नहीं था इसलिए बुतों को मानने में कोई परेशानी नहीं थी और नबियों को मानने का मकसद यह था कि सर से लेकर पाओ तक जिंदगी के एक एक लम्हे को माशरत से लेकर ले के निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक सब कुछ बदलना पड़ता था और अपनी ख्वासात के जनाजे कंधों पर उठा दफन करने के बाद फिर नबियों के कदम चूमने पड़ते थे इसलिए नबियों को मानने में प्रॉब्लम था और बुतों को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए कि बुतों को मानने में कोई मुफादात पर ज्यादा नहीं पड़ती थी और नबियों को मानने का मकसद यह था फिर अपनी ख्वाहिश छोड़नी पड़ती थी तेरे हुआ सुनदे महबूबा मैं काफिर हो वहां मैं हूं फिर तो अपना आप छोड़ना पड़ता था ना इसलिए वो इंसानों को नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे और पत्थरों को खुदा मानने के लिए आमादा हो जाते आज भी यह नफसियात हमारे अंदर भी पाए जाते हैं एक शख्स सत्तर साल हदीस रसूल पढ़ाता रहा अस्सी साल उसने कुरान की नौकरी की तो लोग उसके गिरद इतनी तादाद में जमा नहीं होते और एक बंदा दूनी रमा के तमोड़ी शाह बैठ जाता है और सारी कौम उस नांगे के पीछे भाग जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं उसमें कमाल क्या है करंट क्या है साहब बात करंट की नहीं है मफादात पर जद नहीं पड़ती और इस शख्स के पास आना है तो जिंदगी बदलनी पड़ती है इसलिए उन मुर्दों को मानने में हर्ज नहीं है और इन फाल और जिंदों को मानने में अपनी ख्वासात का जनाजा उठाना पड़ता है लिहाजा इंसान का रुझान इधर नहीं होता है इंसान का रुझान उधर होता है यह एक इंसान की फितरत है इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बात सुनाऊंगा मेरा एक दोस्त है पुराना तो बचपन में जिनसे ताल्लुक रहा हो तो वो कम ही किसी के लिए एतक़ाद का रिश्ता रखते हैं लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि मेरे लिए उसके दिल में बड़ी मोहब्बत हती कि मेरे साथ उसका रूहानी ताल्लुक भी है तो उसका एक दूसरा दोस्त है और वो मेरा भी दोस्त और वह बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी गया है उसकी तरह तो उसने कहा यार देख मैं भी एक अला मनसब पे हूँ और हजूर की सुन्नत चेहरे पर है तो तेरे दिल के अंदर भी उस शख्स के लिए मोहब्बतों के जज्बे हैं तो तू भी मेरी तरह उस शख्स के साथ अपना बातन का ताल्लुक कायम क्यों नहीं कर लेता ये एक मुरीद के दिल में ख्वाहिहश होती है कि दूसरा शख्स भी मेरे पीर से वाबस्ता हो जाए उस फित्री ख्वाहिश के तहत उसने उसको दावत पेश की तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब इस आयत के मफहम को समझने में मदद देगा उसने कहा कि मैं कभी कभी उसकी तकरीर सुन रहा हूँ तो यार मैं हसास आदमी हूं रात को सो नहीं सकता तो जिसकी तकरीरें मुझे सोने नहीं देती अगर मैं उससे ताल्लुक जोड़ लिया वो तो मुझे जिंदा मार देगा इसलिए मुझे तो पीर ऐसा चाहिए कि जो सराहने के नीचे रख के आराम से सो भी सकूं और जिसको चाहूं तो लपेट के जेब में डाल भी सकूं तो उसके साथ ताल्लुक का ये रिश्ता मुझसे तो नहीं निभाया जाएगा तो इंसान चाहता है इंसान की तबाह है इंसान की फितरत है जहां मफादा पे जद ना पड़ती हो तो लोग वहां दौड़ते हैं और जहां मफादात पे जद होती हो जहां अपना बदलना होता है वहां साहिब फिक्र के लोग ही जाते हैं वो थोड़े भी हों ज्यादा भी हों इससे गरज नहीं है लेकिन होते साहिब हैं तो उन काफिलों का मिजाज यह था कि पैगंबरों की यह कह के तकजीब कर दी कि तुम तो बशर हो और सनम खानों के मुर्दा पत्थरों को खुदा मान लग जाते वामा अनहमान कहने लगे तुम्हारे ऊपर रहमान है कुछ नहीं उतारा इनत मिल्ला तक तुम तो माजल्ला झूठ बोलते गालियां दी बुरा भला कहा तकजीब की नस्बत कर अच्छा जो शरीफ आदमी होता है उसका भी अपना मिजाज होता है शरीफ आदमी से कोई उलझ भी पड़े तो वो अपनी शराफत के दायरे से नीचे नहीं आ सकता वो किसी को गाली भी दे तो वो भी शायस्ता अंदाज के अंदर सख्त लफ्ज नहीं देता क्योंकि उसकी जुबान मुतहमल नहीं होती सख्त लफ्ज की वो शेख सादी ने लिखा है कि एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया तो वो रात को करा रहा था तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी तो उसने देखा कि बार बार मेरा बाप उठ के करा रहा है तो उसने गुस्से से कहा जब बाप चुप्पी नहीं कर रहा था कराई जा रहा था कहा बाबा बाबा तू दंदा ना दारी तुझे कुत्ते ने जब काटा था तो तेरे दांत नहीं थे उसने कहा पुत्र जब कुत्ता काटे तो कुत्ते को आगे से काटा नहीं जाता तो जो शरीफ आदमी होता है वो गाली का मुतम्मल नहीं होता और कोई सख्त लफ्स भी कहे तो उसको भी तोल के बोलता है अब उन काफिलों ने तो गालियां दी पैगंबरों को बुरा कहा तकजीब कर दी पैगम्बरों ने जवाब क्या दिया जरा सुने और जिंदगी का हुसन देखें और अच्छे लोगों की आदात देखें अल्लाह अकबर तो उन पैगम्बरों ने कहा कालू रबो ना या लमो इन नमोसलून हमारा रब जानता हम रसूल हैं। एक तो बात ये और दूसरी बात तो मानो ना मानो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है जब हमारा रब जानता है कि हम रसूल है यहां बात समझाने के लिए मुझे फिर एक मिसाल देना पड़ेगी शरीफ से बुजुर्ग तशीफ लाए रावल पिंड तो अलाका भर के जो सात थे आप नहीं गए तो पीर मेरा शाह हमरा में था मेरी असर की सुन्नतें कजा हो गई सोया तो हजूर खाब में मिले और आका करीब ने फमा सैयद हो के असर की सुनते हो तो कहा मेरे लिए ये सनद ही स तो तो मानो, मानो हमारा रब कहता है क्या रसूल है ये ही सनद काफी है कि हमारा रब कह रहा है क्या अच्छा अगर आपकी तवज्जो हो तो इससे एक और बात में आपके सामने रखना चाहूंगा जो सच्चा आदमी होता है उसकी तबाह के अंदर एक इत्मीनान होता है और जो झूठा आदमी होता है उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता वो सियासत के रूप में हो वो मशाइ के रूप में हो वो आलम के रूप में हो वो किसी और भी रूप में हो उसने एक जमात रखी होती है अपनी तारीफ और तोसीफ करवाने वाली भांड किस्म के लोग उसके साथ होते हैं जो जमीन से आसमान तक उसको उठा के ले जाते हैं बड़ा तल्लक मजहबी तबके से है हम देखते हैं कि बाज लोगों को उन्होंने अपने साथ भांड किस्म के मौलवी रखे हुए होते हैं जो ने कुतबे जमात और गौसे जमा पता नहीं क्या, क्या क्या कह रहे होते हैं लेकिन हम उन लोगों के चेहरों पे देखते हैं उनके अंदर चोर बोल रहा होता है और इसी तरह जिस तरह झूठा आदमी उसका सारा जमाना भी तारीफ करे तो उसे तो पता होता है तो वो अंदर जो जमीर है उसका मलामत करता है और उसकी पेशानी पे कुछ लिखा होता है जो बसीरत वाले लोग पढ़ते हैं इसी तरह जो सच्चा आदमी होता है सारा जमाना मुखालफत भी करे और जमाना गालियां भी दे सच उसकी पेशानी पे बोल रहा होता है उसे कोई जरूरत नहीं होती कि कोई मुझे कहे कि तू अच्छा है सारा जमाना मुखालिफ भी हो जाए उसे यह परवाह नहीं होती उन्होंने कहा तुम मानो या ना मानो रबो ना या लमो हमारा रब जानता है कि हम उसके रसूल हैं हमारे साथ डिग्री लेने की में जरूरत भी नहीं है हमारा रब जानता है कि हम रसूल हैं वा अली ना इलामोबीन उन्होंने कहा हमारा इतना काम था वो हमने कर दिया हमारा काम था तबलीग करना और वो खुली तबलीग हमने कर ये आप हर खतीब से सुनते हैं जब तक यह खत्म होती है तो आखिर में कहा जाता है तो यहां मैं एक जुमला कहना चाहूंगा अगर कोई शख्स बयान करने के बाद कहे वमा लईना बलामोबीन फिर तो बात जचती है और अगर कोई एक घंटा लतीफे सुनाने के बाद और जगतबाजी करने के बाद लोगों की पकड़ियां उछालने के बाद फिर कहे वमा लीना बलामोबीन तो भला बात जचेगी बात तो तभी जचेगी जब उन पैगंबरों के मिशन को अदा करें और फिर कहे उन्होंने कहा हमारा काम इतना था कि हमने तुम्हारे तक तबलीग कर दी अब तुम्हारी मर्जी मानो या ना मानो कालुर नजाब कहने लगे माजल्ला हम तुम्हें मनहूस समझते हैं नहूसत की नस्बत उन नबियों की तरफ करते और मुफसरी ने लिखा है कि बारिश भी ज्यादा हो जाती तो कहते इनकी वजह से कभी धूप कड़ाके की लग जाती तो कहते इनकी वजह से कभी कुछ चलते चलते कोई गिर जाता तो कहते इनकी वजह से यानी जो भी ने कोई तकलीफ पहुंचती तो वो इल्जाम देते पैगंबरों पे कि ये आए हैं तीन लोग हमारी बस्ती में इस वजह से हमें यह तकलीफें आ रही हैं इन्होंने कहा लम तनता अगर तुम ना रुके बाज ना आए इस कौम ने उन तीन पैगंबरों को अल्टीमेटम दिया अगर तुम ना रुके तबलीग का अमल ना छोड़ा नर जो मन्ना कुम हम तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाएंगे वाला युनाजा और बेशक हमारे हाथों तुम बहुत दुख में मुबतला हो जाओगे तुम्हें बड़ी सजा देंगे तकलीफ देंगे उन्होंने जवाब में क्या कहा कालो तार महाकुम कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही है आन जुर तुम तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं हम तुम्हें डरा रहे हैं तुम्हें हम तस्कीर कर रहे हैं और जिसके अंदर चोर हो तस्कीर उसको दुखन देती है और उसको तकलीफ होती है बल अंतुम कौमफून तुम, तुम हद से तजावज करने वाले लोगों अच्छा जब उन्होंने ये कहा तो कौम ने पत्थर पकड़ लिया किसी ने छुरी पकड़ी है किसी ने तलवार पकड़ी है किसी ने टोका पकड़ा है किसी ने कुल्हाड़ा पकड़ा है किसी ने पत्थर पकड़े किसी ने डंडा पकड़ा है जो किसी के हाथ में आया मैदान में ले आए तीन पैगम्बरों को और उनको कत्ल करने के लिए कौम उमड आई अब जब उन पैगम्बरों को शहीद करने के लिए लोग आमादा हुए तो फिर शहर के किनारे वो शख्स आया मैं बिल्कुल छोटा था 12 या 13 साल की उम्र होगी मेरे वालदे गिरामी रहा फजर की नमाज में सुधा यासीन पढ़ा करते थे और जब इस आयत पे आते तो हालत उनकी भी होती कि बिलक बिलक के रो पड़ेंगे और मुझे भी नहीं पता कि दिल में क्या उतरता था उस वक्त तो पता नहीं था छोटे थे लेकिन बाद में जब मफहूम समझ में आया तो फिर पता चला कि इस आयत में क्या है इसका तर्जुमा तो मैं आपके सामने रखूंगा ही लेकिन आप लफ्जों पर भी गौर करना लफ्जों की कशिश क्या है वह हबीब नज्जार नामी शख्स था जो शहर के किनारे एक जो है वह गार में रहता था और जब ये इनताकिया में पैगंबर दाखिल हुए तो सबसे पहले मुलाकात उससे ही हुई उसको सत्तर साल हो गए थे एक बीमारी में मुबतला था और रोजाना बुतों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता था और अपनी शिफा कर्ज करता था तो पैगम्बरों ने जब तोहीद की दावत दी बुतों को छोड़ने का कहा तो उसने कहा कि तुम्हारा रब क्या कर सकता है कहा कि जिन बुतों से सत्तर साल हो गए तो माफी मांगता है और शफा मांगता है उन्होंने नहीं दी हमारा रब तुझे एक लम्हे में शफा देने पर कादर है उसने कहा कैसे उन पैगम्बरों ने हाथ उठाए अच्छा यार पैगंबर तो एक ही हाथ उठा ले और फिर तीन पैगंबरों ने हाथ उठाए होंगे तो फिर कैफियत तो कुछ और ही हुई हो अच्छा उसकी बीमारी खत्म हो गई फौरन ठीक हुआ अपने घर में रह के जिक्र फिक्र में लगा रहता था ये पैगम्बर तबलीग करते रहे जब कौम ने उन पैगम्बरों को शहीद करने का इरादा कर लिया वो दूर शहर के किनारे पे रहता था और उसका घर कोई ऊंचाई पर था और किसी गार में रहता था उसने देखा कि मैदान में लोग जमा हैं और नबियों को शहीद करने पर आमादा हैं फिर वो वहां से आया अब कुरान के लफ्ज़ देखिए यही लफ्ज़ीब नजार साहब यासीन है जरा गौर तो करो कुरान की नौकरी करने वालों दावते दीन देने वालों अपने आप को बहुत बड़ा समझो इस एतबार से कि तुम्हें यह शादतमंदी नसीब हुई है अल्लाह ने किस एहतमाम से शख्स का जिक्र किया फिर क्या हुआ वजा अमिन अक्सल मदीना ते रजुलस आ शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया यार वो कैसा मर्द था जिसको रब ने भी मर्द कहके पुकारा वो जिसको रब ने भी मर्द कह के पुकारा क्योंकि सारा माहौल मुखालफत में है। और वो वाकई मर्द था अकेला आ गया वजा अमिन अक्सल मदीना ते रजूलुई यास आ शहर के परले किनारे से एक मर्द कौमता बेउलमसलीन कहा मेरी कौम रसूलों की इतबा करो इनकी मुखालफत ना करो इनको पत्थर मारने लगे हो मैं कहता हूं इनके कदम चूमो इता बेउ मल्लासुम अजरम ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ मांगते भी नहीं और हैं भी सीधी राह पे तो मुफसलीन फरमाते पैरवी उसकी करनी चाहिए जिसमें दो क्वालिटियां हो एक लालच मिजाज ना हो और दूसरा सीधी राह का मुसाफिर एक बंदा सीधी राह पे है लेकिन अपने हड़फ भी बेचता है और लफ्ज़ भी बेचता है कुरान की आयतें भी बेचता है और हदीस रसूल के एक के कलमे को बेचता है तो उससे आप हिदायत नहीं ले सकते वो हिदायत पे है वो बात सच्ची कर रहा है कुरान की कर रहा है हदीस की कर रहा है लेकिन वो लालची मिजाज कभी भी तुम्हें किसी मौके पर भी बेच देगा तुम्हारी रास्ता खराब कर देगा उस शख्स के पीछे ना चलो जो तबान लालची है और वो तुम्हें खराब करेगा और दूसरा वो कि हिदायत याफ्ता भी हो अगर कोई बंदा हिदायत याफ्ता नहीं है लेकिन बेगरस तबली करता है तो आप कहते यार ये तो मांगते कुछ नहीं है अच्छा तुमसे तो कुछ नहीं मांगता अमरीका से तो डॉलर लिए हुए इसलिए उसके भी पीछे ना चलो जो हिदायत पे ना हो दो शर्तें कुरान ने बयान की है एक हिदायत पे हो और दूसरा तुमसे तलब कुछ ना करता हो मुझे माफ करना मैं पहले बड़ा मातूब हूं लेकिन आज जो क्यामत तोड़ी जा रही है चाहे नात खानों के रूप में हो या ओलामा के रूप में हो यह जो पहले एडवांस लिए जाते हैं बाद में नजरान वसूल किए जाते हैं और ये क्या क्या रेट मुकर हुए हैं यह किस किस दिन की कहानी है ना यह कुरान में है ना यह हदीस में है ना रसूल करीम का यह तरीका है मैं कुरान की कहानी आपके सामने रख रहा हूं इतना बेऊ मल्ला यस आलोको माजरा उसके पीछे चलो जो तुमसे मांगता कुछ ना हो हो महतादून और वो हिदायत वाले भी हों ये उस नबीब नज्जार ने अपनी कौम से कहा तबलीग का एक तरीका भी देखिए आज हिकमत से बात करने को लोग बुजदली कहते हैं कहते हैं ये बुजदला है ये गालियां नहीं देता ये कमजोर आदमी है इसलिए वो जो वो किसी पे अटैक नहीं करता जबकि तबलीग की हिकमत को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए मुझे बताओ कि सारा मजमा मुखालिफ है और सारा जमाना दुश्मन है और जो अकेला ही अपनी गाल से निकल के आया वो बुजदिल था या दलेर था कुरान ने भी उसको मर्द कहा है ना लेकिन उसका तबलीग का स्टाइल देखिए उसने ये नहीं कहा क्यों नहीं मानते उसने भी तबलीग का स्टाइल ये दिया कहा मैं उसको क्यों ना पूजू जिसने मुझे पैदा किया देखो तबलीग का मकसद अगले को सोचने का मौका भी देना है अगर उस पर अटैक कर दिया जाए किसी को पत्थर मारने फिर उसको बात नहीं आप सुना सकते तो अगर वो कहता ना हबीब ने जा के तुम क्यों नहीं मानते उसको जिसने तुम्हें पैदा किया है तो वो हाथ में पत्थर तो पहले पकड़े हुए थे फौरन बरस जाते लीख का मौका ही ना मिलता उसने ये बात अपने ऊपर कही और सोचने का मौका उनको दिया कहा मैं उसको क्यों ना पूछू जिसने मुझे पैदा किया तो सोचने का मौका है ना कि हम उसको क्यों ना पूजे जिसने हमें पैदा किया फिर कहा वाई ली जाऊं तुमने पलट के भी उसके पास जाना फिर मुखात्मा हो गया आगे देखिए क्या मैं उसे माबूद बनाऊ अल्लाह के सेवा अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सफारश मेरे कुछ काम ना आए वाला और ना वो मुझे बचा सके इन्नी इजल दलाल मुबीन अगर मैं ऐसा करूं फिर तो खुली गुमराही में हो सब कुछ अपने ऊपर अगर ऐसा करूं मैं ना मानू तो फिर हालांकि वो तो मानता था लेकिन उसने बात अपने पे रखी और उन्हें सोचने का मौका फराहम किया बहरह हुज्जत पूरी कर ली मुबलक का काम तबलीख हिकमत से कर लेना अब किसी की किस्मत हो मान ले किसी की किस्मत हो ना माने जब ये सारी बात उसने कर ली फिर उसने कहा इन्नी आमन तो बेरब कुम मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाया हूं सुन लो ईमान तो वह पहले ला चुका था अब उसने अपने ईमान का ऐलान किया पूरे शहर में आमन तो बेरब्य को मैं तुम्हारे रब पे ईमान रहा हूं मुफसरी इस पे भी बात की है बेरबी क्यों नहीं कहा गोया ये उनके अकीदे पे कदर लगाई कि तुम गलत हो तुम मानो ना मानो रब तुम्हारा भी रब भी है इसलिए मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाता हूं सुन लो अच्छा जब उसने ये बात कही ना तो वो जितने भी पत्थर नबियों पर बरसने पर आमादा थे सारे उस पर बरस गए मुफस्री ने बहुत कुछ लिखा है गड़ा खोद के उसके अंदर डालकर के ऊपर से मलबा ऊंड दिया एक रिवायत है कि पत्थर मार मार के उन्हें शहीद कर दिया एक रिवायत यह है कि आरा रख के सर से पाओ तक चीर दिया गया और, और भी जो भी उनके पास हो सकाने उसको शहीद कर दिया पत्थर मार रहे उसके बदन को अब जब इसकी रूह बदन को छोड़ रही है अब कुरान का स्टाइल देखिए अंदाज देखिए की लद खुल जन्ना रब ने आठों दरवाजे खोल के कहा जिस दरवाजे से आना चाहता है आजा जन्नत के आठों दरवाजे मेरे बंदे तेरे लिए खुले हुए कीला उसे कहा गया उन्न जन्नत में आ जा खुशबुएं आ रही हैं जन्नत की हुदें जो हैं वो फूल लिए खड़ी हैं गिलमान हाजिर हैं अच्छा यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं यार वो किसी ने कहा कि मजा तो मरंदा तब आए कि जब महबूब के कदमों में हो कैसी शहादत थी जिस शहादत के गवाह तीन नबी थे कैसा शहीद था जिसकी शहादत के गवाह तीन पैगंबर थे और फिर तबलीग करते हुए शहीद हुआ और फिर कितना खुश नसीब है जिसको रब भी कह रहा है जी आया नो रब भी कह रहा है खुश आमदेद जन्नत के दरवाजे खुले हैं की लद खुल जन्न जन्नत में आ जा अच्छा ये तो अल्लाह की तरफ से नाजबरदारियां थी अपने बंदे को अब जो उसकी कैफियत थी हजरत अब्दुल्ला अब्बास कहते हैं कि जब उस हबीब नज्जार को लोग पत्थर मार रहे थे और उसकी रूह निकल रही थी और वो साथ बोलता कह रहा था मालिक मेरी कौन को हिदायत पता नहीं है इसलिए मुझे मार रहे इन्हें क्या पता कि पैगंबरों कितनी बड़ी दौलत है मालिक इनको हिदायत दे दे अब जब उसकी रूह परवास कर गई अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए तो फिर क्या हुआ अब इन लफ्जों पर कुरबान होने को जी चाहता है वैसे तो कुरान का एक लफ्ज पे निशार हो जाए लेकिन मुबलन को अगर यहां मुबल मौजूद हैं तो मैं मुबलन को कहता हूं कि जो अपने सामयीन हैं जो आपकी बात सुनते हैं उनकी कदर सीखें और उनकी तजलील ना किया करें आज साम को कोसते वो बुलंद आवाज से सुबह ला भी ना करें यार ये तो हजूर के गुलाम है अगर काफिर भी हो तो जो मुबल होता है वो बाप से ज्यादा प्यार करने वाला होता है उसके दिल में जज्बे होते हैं मुझे किसी ने कहा आप आठ आठ या दस दस या छ छ साल हो गए मुख्तल जगहों पर दरसे कुरान देते हुए तो यार कोई तीन साल चार साल मुसलसल नात खां आए किसी मजलस में और वो पैसे भी बेशुमार लेता है तो लोग उसकी ताजपोशी करते हैं कि इसकी बड़ी खदमात है आपकी किसी शहर में ताजपोशी की गई है मैंने कहा यार इससे बड़ा एजाज क्या है कि इतने लोग किताब रहमत को सुनने के लिए आते हैं और उनके आंखों में जो प्यार लिखा हुआ होता है और उनकी परेशानियों पे जो मोहब्बत लिखी हुई होती है सारी जिंदगी की थकन जो है वो एक मुस्कुराहट से दूर हो जाती है तो ये ये तो दुनिया की चीजें हैं इनकी तो हैसियत ही नहीं है इन चीजों की तो औकात ही बाकी नहीं रहती अगर बाद में उनके खिलाफ बातें करते रहे और वैसे उनके सर पर पे ताज पहनाते रहे तो यह तो कोई बात ना हो प्यार वो होता है जो दिल देता है मैंने कहा कि वो मैं उनसे नोट तो नहीं मानता एक बंदा कहने लगा कितने पैसे लेते हो मैंने कहा बंदा पूरे का पूरा ही ले लेता हूं जब किसी के पास जाता हूं फिर वो मेला ही हो जाता है भागता रहता है पीछे पीछे वो कहते हैं कि लेता कुछ नहीं मैं कहता हूं मैं छोड़ता कुछ नहीं हूं वो सारे का सारा ही मेला हो जाता है वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है तो ये कितना बड़ा एजाज है तो जो मुबलिक होता है मुबलिक वो प्यार करता है बेटों से ज्यादा अपने जो है वो मोहब्बत करने वालों से और जिनको तबलीग कर रहा है अब ये तो हजूर के गुलाम है जिनकी हम लोग तजलील करते हैं किसी को कहते ये चावल खाने आ हुए कहते नहीं कह क्या क्या बोलियां बोली जाती है यही वजह लोग से दूर होते हैं है जो एक मुबल्ल के सीने में होना चाहिए काफिर काफिर और पत्थर मार रहे हैं और हबीब ने जाल को शहीद कर दिया है जब रू उड़ी ना बदन से और उस बदन को भी नोच रहे थे बोटियां खेच रहे थे और हबीबे नजार की रूह जो है वो प्रवास करके ऊपर आ जाती है और उसकी आवाज क्या है बोली जला देखिए कुरान बताता है काला हबीब नजार ने कहा हबीब नजार ने जिसकी बोटियां नोच रहे हैं अल्लाह अकबर यहां तो पैसे ना दिए जाएं तो नाराज हो जाएं साउंड स्पीकर अच्छा ना हो तो वो तजलील करें साउंड वाले की अल्लाह मिल्ला यहां, तो यहां तो यह है कि अच्छा खाना ना दे तो जो है वो तकरीर में तबसरा कर दे लेकिन वहां माजरा क्या बोटियां नोच रहे हैं और मैं अपनी बात नहीं कह रहा कुरान बता रहा है जब वो बोटियां नोच रहे हैं वो हबीब ने क्या कह रहे हैं काला या लैता कौमी या ला काश मेरी कौम मुझे देखती मेरी बोटियां नोचने वाले मुझे देखते बेमा गफर रब्बी मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है अच्छा बख्शा क्यों है मुफस्री ने यहां तीन कॉल बेन किए हबीब नजाल कहता है मेरी कौम को पता चल जाए कि मैं रब ने क्यों बख्शा है एक तो वजह यह है कि मैंने इन पैगंबरों के कदम चूमे मुझे तो कत्ल कर लिया है अगर इन्हें पता चल जाए कि मुझे रब ने क्यों बख्शा है तो चलो मैं मुझे तो कत्ल कर लिया इन पैगंबरों के कदम चूं अब भी बच जाए दूसरी बात बेमा गफर अली अल्लाह ने मुझे किस वजह से बख्शा है अच्छा तोहित पर ईमान लाने की वजह से और बुतों को छोड़ने की वजह से और भी छोड़ दें और इन पैगम्बरों को मान ले और तीसरी बात ये मेरे बदन को नोच रहे हैं और कह रहे हैं देखो मार दिया आया था तो का प्रस्ताव देखो हमने उड़ा दिए ये मुझे जलील कर रहे हैं लेकिन यही जिलत मेरी इज्जत का सब गई यही शहादत इज्जतों का ताज रख गई वो कहता है कि काश इन्हें पता चल जाए कि मेरे रब ने मेरी इज्जत अफजाई क्या की है वजह आलानी मिनल मुक्रमीन और मुझे इज्जत वालों में किया है मुझे वकार की मसनद बिछा के दिए और मुझे इज्जत के तरख पर बिठाया है वो ये आर्जू कर रहे काश के मेरी कौम को पता चल जाता फिर कौम ने हबीब नजार समेत उन तीन नबियों को भी शहीद कर दिया फिर अल्लाह का क्या अजाब उनके ऊपर नाजिल हुआ और किस तरह वो अल्लाह की पकड़ में आए और पैगम्बरों को शहीद करने और हक की आवाज़ को मुस्रद करने की सजा क्या होती है इस उनवान के साथ इन शह जो अगली आयातें अगले माह जब आप हाजिर होंगे तो शूदा यासीन का मजमून चलता रहेगा पांच रुकू हैं तकरीबन एक मुकम्मल और एक निस्फ के करीब रुकू मुकम्मल हो गया ख्याल ये है कि हम चार या तीन दरुस्त में शूदा यासीन मुकम्मल कर लेंगे और मेरी आरज़ू ये होगी कि शूधा यासीन में कोई भी मिस ना हो क्योंकि ये मेरे हुजूर की आरज़ू थी कि मेरी उम्मत के हर शख्स